हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो गाइस इतने दिन से ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं आ रहा भाई मेरा एक तो फोन कांडी पे कांड होते जा रहे गाइस एक तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया उसके बाद फिर ये देखते हो गाइस देख सकते हो ना एक्सीडेंट हो गया था देखो भाई फुटप फट आ अभी भी नागी आ देखो गाई टाँके लगे तीन टाँके लगे पड़े गाइज बहुत बुरा हाल है गाइज यहाँ कांड पे कांडी होते जा रहे यार के करा जिंदगी झंड यार तो गाइस मैं बता दूँ मेरा फ़ोन पता है कैसे चोरी हुआ मेरा फ़ोन ना मैं स्कूल के प्रेयर हो रही थी मैंने बैग में रख रखा था तो उस बैग में रख रखा था बैग में से किसने चोरी कर लिया गाइस अब पता नहीं किसने निकाल लिया पता ही नहीं चला अब मैंने कोशिश तो करी ढूँढने की अब मिला नहीं तब तो क्या करें मैंने कंप्लेन भी कर दी है वैसे तो अब देखते हैं मिल जाए तो अच्छी बात है वैसे तो एक या दो महीने होली होंगे कोई नहीं अब दूसरे फोन की जुगाड़ कर रखी है अभी तो काम चला फोन चला रहा हूँ देख सकते हैं मैं अभी कहाँ आया आपको कहाँ बड़को जंगल है जंगल में देखो गाइस में कहा जब तक तो कार्तिक साथ रहो ना भाई हमेशा जंगल में ही लेके जाएगा जंगल में ही तो गाय आपको दिखा दू अभी हम यहाँ आया है घाटा साइड जंगल में लेवा के आया है कार्तिक आपको पता है कार्तिक हमेशा जंगल में लेवा के आता है देखो भाई ये पता न कार्तिक कौन है ये कार्तिक ये में देख मैं व्यू व्यू एक बार देख लो आप पूरा जंगल ही जंगल है गाइस ना देखो पार्टी पार्ट पाड़ है पार्टी पार्ट पाड़। और गाइज मेरे बाइक तो पूरी ख़त्म ही हो गई थी गाइस पूरी ख़त्म हो गई थी मेरे बाइक वो तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम लिया जब जाके थोड़ा कुछ सही हुआ भाई घर पे तो बाइक की चाबी ना दे रहे इन्हों कह रहे बाइक छू नहीं ना है ना मन ना छूया तो बड़ी मुश्किल से तो चाबी मिली बाइक की अभी देख सकते हो मैं फुल सेट बाल वाल कटा के देख रहे दिख रहा रखना एकदम तो गाइस मैं बता दू आज के ब्लॉग में कुछ मिलेगा है नहीं <laughs> देखो मत नहीं, नहीं देख लगाई आज के ब्लॉक में कुछ है नहीं वैसे बस यही थी आपको बातें बतानी थी कि इतने लोग नहीं आ पा रहे ना सारे लोग कह रहे दोस्त यार कि यार ब्लॉग तो घेर दे ब्लॉग तो घेर दे ब्लॉग क्यों ना बना रहा क्या बनाऊंगा फोन तो दे बढ़िया यार फोन ही बढ़िया ना है दूसरा फोन चला रहा हूँ भाई का फोन चला रहा हूँ मोटो वाला देख लगाई इतनी गरीबी आ चुकी है पर यहाँ हफ्ती चेस चेस, चेस, कर चेस। तो भाई आजा पहाड़ पे आजा। तो तो फोटो है चली है, और जो आप सबको बताना था सब मैंने बता दिया है तो अब चलो चलते हैं ये ब्रांडेड जूता इसमें नहीं जाता है। जूता नहीं ये चप्पल है बोला अरे चंदन का खाना यहाँ क्या कर रहा है <laughs> चंदन के चंदन रखे इस तो तो जो मेरे बाइक का एक्सीडेंट हुआ था ना मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या हुआ था और कहाँ कहाँ बाइक टूटी थी ये देख सकते हैं मेरी बाइक मैंने तो ये वाइर पूरा टूट गया था ये वाइजर मैंने न डलवाया फिर बच्चे किसी बच्चे ने यहाँ स्क्रैच मार दिया और ये ये तो पैसे शॉप कहते हैं कुछ ये इंडिकेटर ये और ये ये दोनों इंडिकेटर नए डले हैं और ये देख सकते हो देखो ये देखो और ये देखो और लेग गार्ड तो देख सकते हो देखो गाइज लाइट भी लगा रखी वैसे तो मैंने ये देखो ये दोनों लाइट आपको जो लग दिखवाता तो। स्विच देखो भाई इसका स्विच यहाँ लगा रखा है ये देखो गाइज देखो गाइज एक ऐसे ऐसी चलेगी ये सिंपल ये रात को काम और आएगी हम ऐसे आएंगे पागल और देखो टंकी पे ना ये टंकी पे डेंट आ गया टंकी पे चक गई थी वो तो किसी तरह ठीक करा है मगर अभी भी देखने में टंकी बेकार लगते है गाइस बाकी अब देख सकते है गाइस और अभी परसों नरसों चलाना आ गया गाइस तो ये चपकाा खरा अभी निकाल दिया वैसे तो और गाइस देख सकते कहा टूटी है गाइजी देख ये देखो ये गाइस ये देखो ये टूट गया देखो गाई और, और, तो और कुछ तो नहीं टूट रहा पूरा छिल गया था बेचारा हमने सही करवाया इसको जब बना ले लील अभी ये मेरे बाइक से रील बना रहा है कार्तिक देख तो गाय कितनी मस्त लग रही है मेरी बाइक <laughs> देखो भाई ये अपना को पंजाबी सो रहा है देखो पैर रहा है अभी अभी आप देखना अभी देखना आजा हालांकि हमारा घूमने का प्लान तो बहुत था मगर अब ना बारिश आ रही है देखो गई हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं, तो अब घर के लिए निकलते हैं ठीक है ओके बाय बाय।